तो श्रीराम के चरणों में वंदन करते हुए मैं ज्योतिर्विदास वर्ष आप सभी के दिनांक 17 मार्च का दैनिक राशिफल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ दर्शकों प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है देशी ग्रामीण ग्रह युद्ध सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्व जन्म राशि ना चिंतित विवाहे सर्व मांगल्य यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्व नाम राशि ना चिंतित तो शास्त्र भी यही कहता है कि जन्म राशि की प्रधानता देनी चाहिए नाम राशि की चिंता भी नहीं करनी चाहिए दर्शकों आज का पंचांग क्या कहता है आइए इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं तो देखिए दर्शकों आज चैत्र कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि रहेगी साथ ही साथ दर्शकों प्रमादी नामक संवत्सर चल रहा है विक्रम संवत्त दो चल रहा है और आज सूर्योदय होगा प्रातः छह बजकर सत्रह मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को छह बजकर बारह मिनट पर दर्शकों आज मंगलवार तिथि रहेगी मंगलवार दिन रहेगा और नक्षत्र जो रहेगा ये मूल और पूर्व साढ़ा नक्षत्र रहेगा वहीं करण जो है तैतिल और गर रहेगा वहीं योग की बात करें तो व्यापात और वरियान योग रहेगा शुभ समय पर आ जाते हैं आज का शुभ समय क्या रहेगा तो सुबह ग्यारह बजकर पचास मिनट से बारह बजकर अड़तीस तक का जो समय रहेगा ये काफी शुभ आप लोगों के लिए रहेगा आप लोग इसमें अपने सभी अभिष्ट कार्यों को निपटा सकते हैं साथ ही साथ आज राहुकाल रहेगा दोपहर तीन से लेकर के चार तक की वहीं गंड काल जो रहेगा ये सुबह नौ बजकर पंद्रह मिनट से दस बजकर पैंतालीस मिनट तक की रहेगा इन दोनों समय में आप लोग शुभ कार्यों को बिल्कुल भी मत करिएगा और जो हमने अभिजीत मुहूर्त बताया है शुभ समय बताया है 11:50 से 11 जो है 12:30 अड़तीस तक की इसमें आप लोग शुभ कार्यों को कर सकते हैं चंद्रदेव राशि में संचरण करेंगे केतु के साथ और सूर्यदेव मीन राशि में चलायमान है साथ ही साथ आज का जो दिशा दिशाशुल रहेगा ये उत्तर दिशा की ओर दिशा दिशाशूल रहता है तो आज कोशिश कीजिएगा गुड़ खा करके तब आप लोग बाहर निकलिएगा और पहले दक्षिण दिशा की ओर चार पक्ष चलिएगा तब उत्तर दिशा की ओर जाइएगा दर्शकों नौमी तिथि कृष्ण पक्ष की तो नौमी तिथि को लौकी का सेवन नहीं करना चाहिए ब्रह्मा वैवर्ष पुराण इसमें स्पष्ट इस रूप से इसकी मनाही है कि लौकी का सेवन आप लोगों को नहीं करना चाहिए तो दर्शकों ये तो था हमारा पंचांग राशिफल पर आगे बढ़ते हैं तो आज का राशिफल मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के जीवन में क्या नवीन खुशियाँ लेकर क्या है मेष राशि के जातकों आज का दिन आपके लिए मिला रहने वाला है आज परिश्रम अधिक और लाभ कम रहेगा आज आपके कार्यो में कुछ बाधाएं आ सकती हैं यदि यात्राएं है जरूरी ना हो तो आज अवॉइड कर सकते हैं आज के दिन सितारे सलाह दे रहे हैं कि आप लोग वाहन सावधानी पूर्वक चलेगा अन्यथा किसी दुर्घटना के कि आप लोग शिकार हो सकते हैं आज आपको अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक कार्य नहीं करना चाहिए और आज आप जितना मेहनत करेंगे उसी अनुपात में आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी शाम तक की आपको धन लाभ हो सकता है आज भाग्य आपका पचपन साथ देगा आपके लिए आज शुभ उपाय क्या रहेंगे तो आज के दिन आप लोग जो है हनुमान चालीसा का ग्यारह बार आप लोग पाठ करिए शुभ कलर रहेगा ऑरेंज शुभ अंक रहेगा एक वृषभ राशि के जात आज आपके लिए दिन की की शुरुआत अन्य दिनों की तुलना में बेहतर होने वाली है जी हां किसी कलात्मक कार्यों में देखिए आज आपकी रुचि बढ़ेगी साथ ही साथ आज आपको जीवन साथी का सहयोग भी प्राप्त होगा प्रिय व्यक्ति का साथ मिलेगा आज आप शेयर में निवेश करने के बारे में भी सोच सकते हैं इसमें आपके लिए लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं परिवार के लोगों से भी आज अच्छा खासा आपको सहयोग मिलने वाला है कुल मिला करके आज का दिन आपके लिए शुभ है भाग्य का जो साथ मिलेगा ये 80 परसेंट के करीब मिलेगा आज आपको उपाय क्या करना रहेगा तो आज के दिन बंदरों को आप लोगों को केला खिलाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा क्रीम कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक नौ हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है जैमिनी अर्थात मिथुन राशि मिथुन राशि के जातकों आज आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आएगा ढेर सारी जिम्मेदारी आज आपके ऊपर आएंगी और जिम्मेदारियों को निभाने का दिन रहेगा आज सुबह से ही आपके अंदर नई शक्ति और ऊर्जा का संचार रहेगा संघर्ष के साथ सफलता एवं धन प्राप्ति का योग बन रहा है आज, आज आप नए वस्त्र और सामान की खरीदारी करने जा सकते हैं आज आपका पैसा Uh, किसी जो है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर एक्सपेंसिव चीज़ों पर खर्च होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और शाम को आज आपके घर में अतिथि आगमन से मन में प्रसन्नता रहेगी और मित्रों के साथ आज आपका समय अच्छा बीतेगा आज आपका भाग्य पचहत्तर फीसदी साथ देगा साथ ही साथ आज के दिन उपाय क्या करना रहेगा तो हनुमान अष्टक का आज आप लोग तीन बार पाठ करिए और आज आप लोग जो है जरूरतमंदों को गरीब नहीं बोलेंगे जरूरतमंदों को कुछ मीठा बेसन से बनी हुई चीज सामग्री वितरित करिए शुभ कलर आपसे आपके लिए रहेगा ये रहेगा हरा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक तीन अगली राशि आती आती कर्क राशि देखिए कर्क राशि के जातको आज दिन की शुरुआत आमोद प्रमोद के साथ रहेगी बुद्धि विवेक से सफलता आज, आज आपके कदम चूमेगी आज कोई नई नौकरी आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है आज दिन की शुरुआत कार्य व्यवहार से जुड़ी समस्याओं को हल करने से भी हो सकती है मनोरंजन कार्य में समय अधिक व्यतीत होगा कार्य क्षेत्र में अधिकारियों से भी आज आपको उचित प्रशंसा मिलेगी उचित प्रशंसा के पात्र रहेंगे और सहयोगियों का आज आपको पूरा सहयोग और पूरा साथ मिलेगा आज किसी प्रियजन से मुलाकात होने पर मन में प्रसन्नता बनी रहेगी और आज आपके रुके हुए काम भी पूरे होंगे आज भाग्य आपका बयासी फीसदी के करीब साथ देगा आपके लिए आ, उपाय क्या करना रहेगा देखिए कर्क राशि के जात को हनुमान जी के मंदिर में जाना है और लाल रंग का आज आपको चोला चढ़ाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा रेड शुभ अंक आपके लिए रहेगा आठ अगली जो राशि आती, आती है आती है सिंह राशि सिंह राशि के जात को आज आपका मन किसी बात को लेकर के परेशान हो सकता है अज्ञात भय से आज, आज आप डरे हुए रहेंगे आज आपकी वाणी और व्यवहार वाद विवाद का कारण बन सकते हैं ग्रह नक्षत्र कहते हैं कि आज सभी कार्य सावधानी पूर्वक करिएगा नहीं तो बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है परिवार में किसी बात को लेकर के मन मुटाव बढ सकता है आज आपके अपने पर जैसा व्यवहार कर सकते हैं बेहतर होगा कि आज आप लोग सूझबूझ से कार्य करते हुए स्थिति से निपटें और आज के दिन आप लोग वाहन थोड़ा सा सावधानीपूर्वक चलाइएगा टेंशन में वाहन मत चलाइएगा बेहतर रहेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप लोग प्रयोग करिए ठीक रहेगा आज का भाग्य का जो साथ आपके लिए रहेगा ये रहेगा पैंतालीस उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो सुंदर का आज आप लोग पाठ करिए आपके लिए शुभ कलर रहेगा वाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक नौ हमारी अगली राशि आती है ये आती है कन्या राशि वर्गो तो कन्या राशि के जात को दिन की शुरुआत आज प्रसन्नता के साथ रहेगी आज सभी कार्य सरल, सरलता पूर्वक हल होंगे और उसमें आज, आज आपको सफलता प्राप्त होगी सभी जगह अनुकूल परिस्थितियां निर्मित होगी सरकारी कार्य आज आपके निर्विघ्न पूरे होंगे कोर्ट में कोई नया मुकदमा चल रहा है तो फैसला आपके हित में आने के संकेत हैं छात्रों को आज गुड न्यूज सुनने को मिल सकता है महिलाओं को आज अपने पार्टनर से अच्छे और एक्सपेंसिव उपहार और वस्त्र इत्यादि मिल सकते हैं भाग्य प्रतिशत आज आपका रहेगा छिहत्तर फीसदी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा कन्या राशि के जातकों को तो कन्या राशि के जातकों आज बेसन की मिठाई आप लोग गाय को खिलाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा आठ की ओर चलते हैं लिब्रा वालों के लिए आज का दिन का दिन दिन कैसा रहेगा मंगलवार तो देखिए ग्रह नक्षत्र कहते हैं कि आज का दिन आपके फेवर में रहेगा और शुभ रहेगा आज आपके किस्मत में धन लाभ के अच्छे योग मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं परिश्रम करेंगे तो मनोवांछित फल प्राप्त करने के नतीजे सामने आते जाएंगे अपनों से आज भरपूर मात्रा में प्रेम की प्राप्ति होगी और घर में खुशी सौहार्द का माहौल रहेगा दोस्तों के साथ आज शाम का वक्त जो है ये आपके मौज में कटता हुआ दिखाई पड़ रहा है नौकरी पैसा और व्यापारियों के लिए भी आज लाभ के योग बन रहे हैं आज आपका भाग्य जो है ये बयासी फीसदी के करीब साथ देगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तुला राशि के जातकों को तो आज सवा किलो गुड़ का दान आप लोग धर्म स्थान पर करें शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा रहेगा अंक साथ। हमारी जो अगली राशि आती आती है ये आती है वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि के जात को आज बिना कुछ सोचे हुए आप कुछ साहसिक कदम उठा सकते हैं किस्मत का साथ मिलेगा और सफलता प्राप्त होगी भावनात्मक संबंध स्थापित होंगे और आज आपका जो दिन है ये काफी अच्छा बीतेगा परिवार में आनंद और उल्लास का माहौल रहेगा कहीं से भी आज आपके जो रुके हुए कार्य हैं इनमें अचानक से गति आ सकती है धन और उपहार की प्राप्ति होने के भी योग हैं प्रियजन से मन प्रसन्न रहेगा भाग्य आज, आज आपका जो है आपके अनुकूल रहेगा कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो लगभग बानबे फीसदी के करीब भाग्य आज, आज आपका साथ देगा लेकिन आज, आज आपके धन खर्च अधिक होंगे तो थोड़ा सा इससे बच के रहिएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो हनुमान अष्टक का आज आप लोग तीन बार पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ऑरेंज शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक नौ अगली राशि आती है हमारी सेजिटेरियास अर्थात धनु राशि देखिए दर्शकों आप लोग राशिफल देख रहे हैं और राशिफल देखते देखते बार बार हमें आप लोगों को टोकना पड़ता है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को देखिए ये कॉमन सेंस होना चाहिए आप लोगों के बीच तो इस नेक्स्ट संडे हम लाइव होंगे और आप लोग लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो बेल आइकन है इसको आप लोग ज़रूर दबाइए ताकि जब हम संडे को लाइव हो तो हमारी नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में पहुंच जाए और आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस बता करके अपनी कुंडली पर हमसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं धनु राशि के जातकों आज आपका मन चलायमान रहेगा ग्रह नक्षत्र कहते हैं कि आज बिना सोच विचार के कोई कार्य न करें अनावश्यक खर्च से बचने के सितारे सलाह दे रहे हैं नहीं तो आगे चल करके धन की कमी हो सकती है भविष्य के लिए आज आपको आज से ही योजनाएं बना करके चलने के सितारे सलाह दे रहे हैं आज संतान की ओर से आपको किसी बात की चिंता हो वहीं कार्य क्षेत्र में भी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है कुल अपने तो आज के दिन आप लोग जो है हनुमान अष्टक का तीन बार पाठ आप लोग भी करें साथ ही साथ गाय को आज आप लोगों को केले खिलाने रहेंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो अगली राशि आती है ये आती है मकर राशि देखिए मकर राशि के जात को आज ग्रह नक्षत्र कहते हैं कि आज प्रत्येक कार्य में और प्रत्येक क्षेत्र में आज आपको लाभ मिलेगा घर से लेकर के कार्यालय तक विद्यार्थियों से लेकर के व्यापारियों तक आज सभी लाभान्वित रहेंगे महिलाओं के लिए आज का दिन काफ़ी कुछ खास रहने वाला है और आज आपको अपने पार्टनर से विशेष उपहार मिल सकता है घर में आज आपके मेहमानों का आगमन हो सकता है और इसकी तैयारी आप लोग कर लें तो बेहतर रहेगा साथ ही साथ आज किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात हो सकती है और धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा उपाय के तौर पर आपको करना क्या रहेगा तो देखिए आज के दिन आप लोग हनुमान जी के मंदिर में जा करके और 250 ग्राम पीला सिंदूर जो होता है इसका आप लोग दान कर दीजिए साथ ही साथ कार्यक्षेत्र पर निकलने से पहले थोड़ा सा गुड़ की बाइट लीजिए थोड़ी सी गुड़ जो गुड़ की डली होती है इसको खा करके निकलेंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपके अनुकूल होंगी शुभ आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक चार अगली राशि आती है ये आती है कुंभ राशि देखिए कुंभ राशि के जातकों आज दिन भर आपकी व्यस्तता रहेगी आलस से मुक्ति मिलेगी और तरोताजगी के साथ आज आप लोग कार्य क्षेत्र में जुटेंगे आज आपके लिए कर्म प्रधान दिन रहने वाला है मेहनत और पुरुषात से अच्छे परिणाम प्राप्त होने की उम्मीद है मन को नकारात्मक विचारों से एकदम दूर रखें तो बेहतर रहेगा और आज आपको दिन की शुभता पूर्ण रूप से प्राप्त होगी परिवार में कोई व्यक्ति आगे बढ़ के आज आपकी मदद करेगा और दोस्तों से भी आपकी मदद हो सकती है भाग्य का आज आपको भरपूर साथ मिलेगा लगभग ये मान के चलिए कि 88 से और बानबे फीसदी के परसेंट भाग्य का साथ मिलेगा तो इसका आज आप लोग लाभ जरूर उठाइए उपाय के तौर पर आज आपको करना क्या रहेगा तो देखिए आज के दिन आप लोगों को बंदरों को केला खिलाना रहेगा लाल मुहाले जो बंदर होते हैं इनको खास करके यदि आप खिलाते हैं तो बेहतर रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्लैक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक छः अंतिम राशि पर चलते हमारी अंतिम राशि आती आती है पाइसिस अर्थात मीन राशि देखिए मीन राशि के जात को आज जितना विश्वास आप भाग्य पर करें उतना ही भरोसा स्वयं पर करें तो बेहतर रहेगा आध्यात्मिक सिद्धिया प्राप्त करने का सर्वोत्तम योग आज बन रहा है आज मेहनत के अनुपात में भी आपको फल अच्छा मिलेगा कारोबारी आज कोई बड़ी डील फाइनल कर सकते हैं लेकिन आज, आज आपको इन मामलों में समझदारी से काम करने की सितारे सलाह दे रहे हैं आज अपने सभी कागजों की जो है जांच पड़ताल अच्छे से कर लीजिएगा तब कहीं सबमिट करिएगा आज आपके घर में जो है पुराने किसी दोस्तों का मेहमानों का आगमन हो सकता है और उनकी खातिरदारी आप लोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज भाग्य का जो साथ रहेगा ये बहत्तर फीसदी के करीब रहेगा उपाय के तौर पर आज आपको करना क्या रहेगा तो देखिए आज के दिन आप लोग सुंदर का पाठ करिए साथ ही साथ आज किसी वृद्ध व्यक्ति को भोजन जरूर कराइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा रहेगा अंक आठ तो दर्शकों मंगलवार का ये राशिफल आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना हुआ बेल आइकन जरूर दबाइए दीजिए इजाजत मिलते अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार हनुमान जी महाराज आप सभी लोगों का दिन शुभ करें